आज मैं आपको बताऊंगी आईपीसी सेक्शन 354 के बारे में आईपीसी की धारा 354 तब लगाई जाती है जब कोई भी व्यक्ति एक स्त्री के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करे ये जानते हुए भी कि उसके ऐसा करने से एक स्त्री की इज्जत पर सवाल उठ सकते हैं ऐसे में धारा 354 लगाई जाती है आईपीसी सेक्शन थ्री नॉन अवेलेबल है और इसके लिए एक से पाँच साल तक की सज़ा का प्रावधान भी है वही पुलिस को इसके लिए किसी भी वारंट की जरूरत नहीं है पुलिस अपराधी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वही यदि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धारा तीन सौ के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है तो इसके साथ ही आईपीसी की धारा 500 सौ छह और 34 भी लगती है निर्भया किसके बाद आई सेक्शन थ्री में कई अमेंडमेंट किए गए हैं ऐसी और जानकारी के लिए बने रही हमारे साथ सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब